आज 26 जनवरी को दो दो त्यौहारों को सेलिब्रेट करने का हमें मौका मिला है पहला तो 26 रिपब्लिक डे और गणतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है जो कि हमारे देश का बहुत बड़ा राष्ट्रीय त्यौहार है इस त्यौहार को आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और इसके बाद दूसरा त्यौहार बसंत पंचमी का त्यौहार आज के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती जी की पूजा करी जाती है और माँ सरस्वती जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम हम माँ सरस्वती से विनम्र निवेदन करते हैं कि ऐसे ही हमेशा हमारे ऊपर और हम सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रहें हमारे कंठ में ऐसे विराजमान हुए कि हम कभी किसी को अपशब्द ना बोलें और एक दूसरे के साथ में अच्छे से मिलजुल के रहें और इस पावन त्यौहार को त्यौहार जो कि वसंत पंचमी का त्यौहार है और इस त्यौहार की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ और माँ सरस्वती जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम